21 में ऑलमोस्ट हर एक बंदे को यूट्यूबर बनना है। और यूट्यूबर बनने के लिए सभी जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ एक टिप देते हैं और वो टिप ये है मैं इस चीज को स्टार्ट कर रहा हूं मनी के लिए वो खेल नहीं पाते, पाते। हैं है, है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना तो प्लीज मत कीजिए आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं पैसों के लिए यहाँ पर काम करने नहीं आया था मैं अपना पैशन फॉलो करना था और जिनका पैशन है वो हंड्रेड सक्सेसफुल होंगे पैसे के लिए यूट्यूब मत कर आपका पैशन क्या है तो नहीं चल पाएगा लेकिन अगर तुम्हें मजा आता है ना ये काम करने में तो भाई इस टिप में अगर तुम्हें क्या हुआ अरे मम्मी कुछ नहीं। अच्छा तो, तो आज भी कॉलेज में अगर अरे? आपने जान लिया यूट्यूब का ये राज तो आप भी हो जाएंगे यूट्यूबेस क्या आप भी होना चाहते यूट्यूब वायरल और बनना चाहतेसफुल यूट्यूबर तुझे क्या लगता है हम लोग पागल है क्या हाँ क्या बोला नहीं मम्मी आपको नहीं बोल रहा हूं। आपको कुछ भी नहीं करना है बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है हम सोचते थे कि तू पढ़ाई करना चाहता है इसलिए तेरा एडमिशन कॉलेज में करवाया और तू तो कॉलेज जाने का नाम ही नहीं ले रहा है अरे मम्मी मैं क्या करूँ कॉलेज चालू ही नहीं हुए यहाँ स्कूल के बच्चों की एग्जाम चालू हो गई तू बोल रहा है मेरे कॉलेज चालू नहीं हुए अरे तो इसमें मेरी क्या गलती गलती है कॉलेज वालों की आपको बताएंगे हम पांच प्रोटिप जो कि हम आपको बताएंगे अरे यूट्यूब तो तो होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और घंटे को भी दबा दीजिए तुझे कैसे पता कि कॉलेज चालू नहीं हुए अरे मम्मी मेरे दोस्तों ने बताया यार बोलते है झूठ हाँ, बोलने का लाइसेंस तो तेरे ही पास है। मम्मी अगर तू तो कॉलेज नहीं गया तो मैं तेरे पापा से शिकायत करूँगी अरे मम्मी पापा से शिकायत करूंगी क्या चल रहा अगर तेरे पापा से बचना हो तो तू तो तैयार हो गए पांच मिनट में कॉलेज चला जा अरे ये ये नहीं नहीं नहीं मम्मी बिना यार कॉलेज कॉलेज शुरू क्या समझ में नहीं आता मुझे जल्दी रेडी होता उधर बच्चे मिलने वाले हैं आज मुझे कॉलेज में यार मेरे दोस्त तो एक भी नहीं आने वाले पक्का है कैप कैप लगा लगा लेता लेता से दिख रहा है गया रेडी चलो चलते हैं कॉलेज का पहला दिन क्या पता कैसा निकलने वाला है चलो रेडी तो हो गया निकलता हूँ जल्दी उस तो बोल रहा हो यार उस तो बोल रहा हूँ याद नहीं आ रहा यार मैं लेट हो रहा हूँ मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ भाई स्कूल बैग ही भूल गया कॉलेज जा रहा हूँ कॉलेज बैग ही ले तो फिर क्या जाऊ लग रहा हूँ अब जाता हूँ देखा भी नहीं रस्ता। चलने वाले को मिली जाती है अरे ये बस कब आएगी अब घर के पास कॉलेज होता बस में नहीं जाना पड़ता पैदल पैदल जाता बस का कर इंतजार करो बस आएगी तो मैं भी पागल देख कर वो बस तो तो है है ओह नो अंकल आपकी साइकिल का टायर घूम रहा है। hey. जो पुराना hey. <laughs> खांसी क्यों आ रही नाटक तो में खासी थी hey. कोरोना वापस नहीं आ जाए कॉलेज बंद हो जाए अच्छा थे बस कब बस बस बस बस बस आजा आजा आजा आजा बस आजा आजा प्लीज बजा मतलब आ बस। बस। बस आ गया। बस में जगह मिल जाए बस चलो आसानी से बस में चल गया जगह तो नहीं मिली लेकिन क्या करो खड़ा होना पड़ेगा स्टोर भी आ गया अच्छा तो ये है कॉलेज मेरा काफी छोटा नहीं है <स्थाथ> इससे जो स्कूल में था यार। बोले जितना बड़ा है तो की एग्जाम कितनी बड़ी होगी पर जाना तो होगा अच्छा तो ऐसी है, है, है सर अरे सर रुकन को अरे सर सर है। है सर मैं हाय बेटा तुम कौन oh no. सर मैं स्टूडेंट आपका अच्छा तुम्हारा नाम स्टूडेंट है अच्छा नाम है नहीं सर मेरा नाम तो मनीष हाँ, ना तो हाँ, है लेकिन मैं आपका स्टूडेंट हूँ इसीलिए अगले साल अगले साल सर आप भी मजाक करते हो लगता है तुम नए हो हाँ सर मुझे लगता है की फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले सभी बच्चे नए होते हैं तो में भी नया हूं लेकिन कोई पुराने भी होते हैं बेटा। बो तो क्लास में चल जा जा जाओ परेशान मत करो बेटा आप भी सर ठीक है सर।, सर ओके थैंक यू सर फॉर माय हेल्प मैं क्लास में जाता हूँ सर कैसे कैसे टीचर है यहाँ पे टीचर कैसे तो बच्चे कैसे होंगे भाई बाबू तो अरे क्लास में जा रहा हूँ यार अच्छा तो तू भी इसलिए बाहर बैठा है दोनों भाईगा भैया अब अब आना बात एक रेपटे में धर्ती चढ़ता फिरेगा निकल अच्छा तो यह है खुशनसीब क्लास जिसमें मेरे जैसा होनार बच्चा पढ़ने वाला है वो मैडम भी है मैडम आई का मीन लगता है इंग्लिश नहीं नहीं, मैम, मैम, मैम, मैं मैं अंदर अंदर आ आ जाऊं? जाऊं? मेरे सर पे बैठ जाओ। क्लास में आके बोल रहे हो। मैं, मैं हो गलती से गई। हाँ बेटा ऐसे ही गलती से मिस्टेक करते रहो तो फेल हो गई, अब तुम भी फेल हो जाओ फिर मुझे मत बोलना मैम पास कर दो मैम पास ना, कर दो इट्स ओके चलो आ अंदर Thank you, मैं आपने मुझे अंदर आने दिया मैम आप टीचर हैं <laughs> अरे पागल इतना भी नहीं पता बच्चों की बेटा फिर तो तू निकल जानवरों की नहीं है मैं हाँ मैं मैंने चुप करा। भर चुप कराओ जानवर रखे हैं रहो सभी लोग मैम मैं पूछ रहा था कि आप कौन सा सब्जेक्ट की टीचर हैं हाँ बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ पोलिटिकल साइंस मेजर हिंदी इलेक्टिव नहीं, नहीं बेटा सब्जेक्ट तो पुराने ही है लेकिन इन सब्जेक्ट के लिए तुम नए हो बेटा कॉपी नहीं बेटा निकालने की क्या जरूरत है मैं देती हूँ ना मैम नहीं मैं लाया मैं नहीं बेटा तुम नहीं लाए हो गए नहीं, में में में नहीं? लाया, लाया तुम एग्जाम कोपी नहीं लाए हो बेटा समझो एग्जाम मतलब हाँ बेटा अपना रोल नंबर बताओ जल्दी जल्दी रोल रोल रोल नंबर नंबर नंबर अरे कौन बेटा अपना बताओ और जल्दी जल्दी बेंच पर जाके बैठो तुम्हारी एग्जाम है ना आज जाओ बेटा जल्दी जल्दी करो कौन से रोल नंबर कौन सी एग्जाम कॉलेज तो आज हैं। क्या बेटा तुम कौन से नींद में हो तुम्हें नहीं पता क्या आज तुम्हारी एग्जाम है मुझे कुछ नहीं पता क्या तुम बस जल्दी जल्दी ये पेपर लो और क्या? जल्दी जल्दी, जल्दी एग्जाम दो मैं तुम्हें अपने रोल नंबर बता रही हूँ जल्दी जाओ आप सच बोल रहे हो तो रहा है क्यों कन्फ्यूज मेरे दिल मेरा तू के देख यही उम्र है कर ले अबे कौन सी एग्जाम कौन सा रोल नंबर से एग्जाम oh, no. मुझे कहाता हुआ तब ना hey. मैं कॉलेज तो पहली बार आया हूँ आज और एग्जाम मेरे दोस्तों ने से मुझे बोला था कॉलेज शुरू हुए ही नहीं अभी तक और वो खुद तो आए हैं कॉलेज हाँ हेलो कुलदीप हाँ कॉलेज अच्छा, कब चालू होंगे यार मेरे घर वाले परेशान कर रहे हैं बार बार कॉलेज जा कॉलेज जा ये कॉलेज चालू होने का नाम नहीं ले रहे हैं अच्छा इसी बात है मेरी बात सुन पक्का ना तुम मुझे जब भी कॉलेज चलो सबसे सब पहले मुझे ही बताना हम दोनों कॉलेज साथ में जाएंगे फिर पक्का चल ठीक है फिर है और भाई कैसा है भी भी तो हाँ, चल चल मुझे भी मैं कमीने दोस्त है एक साल बाद दे सकता हूँ नहीं बेटा तुम्हें एग्जाम अभी देनी पड़ेगी नहीं मैम मैं अभी दे दूंगा टिप टिप के दो चलेगा मैम अपने बाद में देख लेंगे ना फिर बिलकुल नहीं मैं तुम्हें तो मारूंगी